रिसर्च के मुताबिक दुनिया में ग्यारह हजार से अधिक प्रजातियों की बारिश पाई जाती है जिनमें से हर प्रजाति एक पहचान रखती है वैसे तो हर पक्षी अपने आप खूबसूरत और अनोखा होता है लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसे पक्षियों की चुनकर लाए हैं जिन्हें दुनिया की सबसे की है। है गुल्ण पीजांट। गुल्ण पीजांट के सबसे खूबसूरत बारिश की लिस्ट पर जगह दी गई है यह है गोल्डन पिजांड गोल्डन पिजांड अपने अनोखे रंग और खूबसूरत डिजाइन के कारण लोगों के बेहद पसंद आता है यह पक्षी ज्यादातर चीन की पहाड़ी और जंगल के इलाकों में पाया जाता है क्योंकि इसको जंगल और पहाड़ी के इलाका ज्यादा पसंद है इनके अलावा गोल्डन पिजेंट अमेरिका कनाडा फ्रांस मेक्सिको पेरू, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है गोल्डन पिजेंट की वजन करीब पांच सौ से 800 ग्राम तक होता है और उसकी लंबाई 42 सेमी तक होती है गोल्डन की की पंखों लंबाई लगभग 27 इंच की होती है। ये है मकाओ। मकाओ एक प्रकार का तोता है यह अपने रंग बिरंग पंखों के लिए जाना जाता है इनका लाइफ स्पान लगभग सेवेंटी ईयर्स पक्षी मनुष्य की आवाज भी निकाल सकता है और इनका लंबाई थर्टी टू इंच से 81 इंच तक होता है जब ये खूबसूरत होता, आसमान में पंख फैला कर उड़ता है तब बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है और यह तोते की चोंच बहुत ताकत भर होती है और ये अपनी चोंच से नारियल भी तोड़ सकते है ये बार्स ज्यादातर मेक्सिको पेरू स्कॉटलैंड ब्राजील जैसी जगह पर दिखाई जाता है यह है है। का नाम में में में सबसे खूबसूरत की की लिस्ट लिया गया लुक और कलर मामले हर किसी को अपनी बना लेता है इनको और भी अट्रेक्टिव कर देता है उनकी लंबे पैर, ऊंची गर्दन और उनकी पिंक कलर इसका पिंक कलर ये खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त होता है ये पक्षी 20 से थर्टी साल तक जीवित रह सकता है यह इस खूबसूरत पक्षी सर्दन मैक्सिको से कोलम्बिया तक जंगल में पाया जाता है ये पक्षी अपनी चोच के लिए बहुत फेमस है लगभग इनकी पूरा शरीर काले रंग की होता है लेकिन इनका मल्टी कलर का बेल्ट इसको दुनिया में ब्यूटीफुल बार्स की दर्जा दिलाता है ये पक्षी हद से ज्यादा सुंदर होता है ये है पिकॉक अगर आप इंडियन है तो ये पक्षी को आप जरूर जानते हैं यह पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं 26 जनवरी 1963 को मोर को मोर मोर राष्ट्रीय का दर्जा मिला था। इनकी इनकी सबसे बड़ी खासियत है खूबसूरत रेनी सीजन में अपने खोल खोलकर नृत्य करता है और उनकी आयु लगभग 25 से 30 साल तक होता है भारतीय मोर लगभग वन मीटर से वन पॉइंट फाइव मीटर तक लंबा होता है और ये मोर का वेट लगभग फोर किलो से सिक्स किलोग्राम तक होता है ये है एथलेटिक पफिन ये पक्षी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और ये पक्षी यूरोप एथलेटिक सर्कल न्यू फाइनलैंड जैसी जगह पर पाई जाती है इस पक्षी को समुद्री तोती भी कहा जाता है और ये पक्षी लंबाई में 28 सेमी के आसपास होती है और ये पक्षी की आयु लगभग 20 साल होती है। अटलांटिक पफिन समुद्र में आसानी से तैर सकता है और समुद्र के अंदर छोटी मछलियों को अपनी खुराक बनाता है और ये पक्षी अपनी चोंच को भी बड़ा कर सकता है अटलांटिक पफिन की चार प्रजातियां होती है जिनमें से तीन प्रजातियां एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग है यह है ब्लू जॉय ब्लू जॉय नाम की ये पक्षी अपने शानदार नील रंग के वजह से दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों के बीच अपनी अलग जगह बनाई हुई है कुछ लोग ये पक्षी को गुडलक और हैप्पीनेस की प्रतीक भी मानते हैं यह है उर्डक इस बतख को देखकर कर ये लगता है कि जैसे सामने कोई प्यारा सा खिलौना है लेकिन ये एक कलरफुल बाढ़ होती है ये पक्षी तालाबे जंगले और पेड़ में रहते हैं। यह रेनबॉल और कैट ये पक्षी बहुत कलरफुल होती है और ये तोते के रंग बेरंग की एक प्रजाति होती है और ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और यह पक्षी 10 इंच से 12 इंच तक होती है यह पक्षी का नाम है बोहिमियानो वाक्सी ये पक्षी भी बहुत सुंदर और अनोखी होती है यह पक्षी कनाडा अमेरिका और यूरेजिया जैसी जगह पर दिखाई जाता है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करे शेयर करे और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे